मेरे दोस्त अगर आपने आई के बारे में सुना है ना इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट हो सकता है वेबिनार अटेंड किया हो हो सकता है नहीं किया हो लेकिन कभी भी अगर आपने फॉर्म भरा है ना तो इस वीडियो को पूरा देख लेना आपके लाइफ में ये पाँच मिनट जो है हो सकता है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूंगा ना कि आई कोई छोटा मोटा एम कोई स्कैम कोई अफिलियट मार्केटिंग का काम नहीं है आई बनने पर आपको पूरी जिंदगी भर बिजनेस सीखने का मौका मिलता है व्यापार मार्केटिंग सेल्स फ़ाइनेंस टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन स्ट्रैटी एक बिजनेस को शुरू कैसे किया जाए एक मोमोज दुकान एक किराना दुकान एक स्टार्टअप एक मैन्युफैक्चरिंग एक सर्विस इंडस्ट्री का किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट कैसे किया जाता है और इसको किस तरीके से एक बड़ी कंपनी बनाई जाती है बिना पैसे के बिजनेस शुरू करने से लेके बिना पैसे के मार्केटिंग करने से लेके एक कंपनी को पूरी दुनिया में फैलाने तक एक एक चीज़ आपको जिंदगी भर सीखने का मौका मिलता है आईबीसी बनके ये सबसे बड़ा फायदा है लाख दो लाख कमाना छोटी चीज़ है ये जो ज्ञान है ना जो बड़े बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी रतन टाटा जी फॉरेन से लेके आए थे आज बड़े बड़े लोगों से सीख के सीख रहे हैं वो आपको सीखने को मिलता है दूसरा फायदा आईबीसी में आपको बहुत सारी इनकम सोर्सेस बनाने का मौका मिलता है आईबीसी बनके तो आप पैसा कमाते ही हो हजारों बिज़नेसेस को कंसल्ट करोगे उनकी मदद करोगे उनको आगे बढ़ने में मदद करोगे लेकिन खुद भी अच्छा पैसा कमाओगे खुद भी अच्छी ग्रोथ लोगे अगर मेहनत करने वाले इंसान हो अगर बिजनेस सीखने को तैयार हो तो यहाँ से पांच लाख महीना तक भी आप कमा सकते हो और ऑलरेडी बहुत सारे आई कमा रहे हैं इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं विवेक बिंद्रा जी से सीखने का मौका उनसे मिलने का मौका अच्छा करते हो तो वो अपने साथ वीडियोस बनाते हैं ऑलरेडी कई आई के साथ वीडियोस बना चुके हैं तो अगर कभी भी आपने इंक्वायर किया था ना आईबीसी जानने के लिए तो आपसे हाथ जोड़ के एक छोटा सा रिक्वेस्ट करो 9 तारीख को विवेक बिंद्रा जी ने एक बहुत जरूरी मीटिंग रखी है जिसमें वो आईबीसी क्यों बनना चाहिए इसके ऊपर बात करने वाले हैं और इसकी कोई फीस नहीं है एक भी रुपया नहीं लिया जा रहा है तो मेरे दोस्त सिर्फ एक गुजारिश है अपना समय एक घंटे का निकाल के संडे के दिन को पहले ही जिसने भी आपको ये वीडियो भेजा है नीचे देखो रजिस्ट्रेशन लिंक होगा पहले रजिस्टर कर लो लिमिटेड सीट्स रहेंगी उसमें हालांकि मिल जाएगा सीट टेंशन की बात नहीं है रजिस्टर कर लीजिए और उस दिन मीटिंग को अटेंड जरूर कर लेना जीवन में कभी भी सोचा था ना आई निकालना है यूपीएससी निकालना है एम करना है अच्छे आई से एम करना है या कुछ भी ऐसा सोचा था जो जिंदगी में आप नहीं कर पाए पहली बार फेल हो गए और आज मजबूरन जिंदगी को जॉब कर करके या छोटा मोटा व्यापार कर करके काट रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त की जरा भी अगर इच्छा है आगे बढ़ने की तो इस वीडियो को देखने के बाद रजिस्ट्रेशन कर लेना और जिसके थ्रू भी मिला है लिंक उनसे बात करके 9 तारीख को इस पूरी मीटिंग को अटेंड कर लेना यकीन मानना अगर सीखने को तैयार हो अगर मेहनत करने को तैयार हो ना तो एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से निकल के एक टाइम पे हो सकता है भारत के टॉप बिजनेस मैन में से एक बन सकते हो आप अगले दस साल पंद्रह साल बीस सालों की जर्नी में ये कोई छोटी मोटी जर्नी नहीं है बहुत कुछ सीखने का बहुत कुछ समझने का बहुत सारी कमाई करने का मौका मिलता है आपको तो मेरे दोस्त हाथ जोड़ के निवेदन है रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फटाफट इस मीटिंग में आ जाइए और कोई भी आपका दोस्त जो आपको लगता है उसको भी सीखने की जरूरत है उसको भी इस वीडियो के साथ रजिस्ट्रेशन लिंक को भेज दीजिए ताकि वो भी इस मीटिंग में रजिस्टर कर पाए सेल्स की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज भी सीखने का मौका मिलेगा आई बी बनना चाहिए पचास से ज्यादा स्ट्रैटेजीज जानने का मौका मिलेगा और उसके साथ साथ ग्यारह हजार रुपए का एक कोर्स भी आपको फ्री में दिया जा रहा है इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती है तो मत करना आई ज्वाइन लेकिन अगर मेहनत करने को तैयार हो तो एक बार आके समझ लो अपना समय दे दो एक घंटा हम वैसे ही दिन में बर्बाद कर देते हैं आके अपना समय निवेश कर लीजिए इस वीडियो को देखने के लिए आई को आकर समझने के लिए और आई अगर बन जाते हो तो पूरी जिंदगी अपने आप को एक सफल इंसान बनाने